छिंदवाड़ा के पांडुरना कस्बे में ऐतिहासिक गोटमार मेला लगा जाम नदी के किनारे पर बसे सावर गांव और पांडुरना के लोगों ने नदी तट पर पहुंचकर कर ढोलबाजे के साथ एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए इस मेले को शुरू किया प्रशासन का प्रयास है कि इस बार सांकेतिक रूप से ही मेला हो हर साल की तरह पत्थरबाजी ना हो सुबह कोटमार मेले में सबसे पहले पलाश के पेड़ दूपी झंडे को पांडुरना और सावर गाँव का विभाजन करने वाली जाम नदी में मजबूती से गाड़ दिया गया जिसके बाद सावर गांव और पांडुरना के इस मेले के प्रति आस्था रखने वाले महिला एवं पुरुष वर्ग ने पूजा अर्चना की इसके बाद पत्थरबाजी का खेल शुरू हो गया कोला पर्व से दूसरे दिन वर्षो पुरानी मान्यता के आधार पर आयोजित होने वाला गोटमार मेला पूरे विश्व में अनोखा है मेले में पांडुरना सावरगांव दोनों पक्ष के लोग नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं इसमें दिन भर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आमने सामने पत्थर बरसाते हैं जिससे सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं इस बीच जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और स्थानीय प्रशासन के पूरे अधिकारी तैनात रहे गोटमार मेले में पुलिस बल लोगों की सुरक्षा और मेले को शांति से संपन्न कराने के लिए शहर के हर इलाके पर तैनात रहा उल्लेखनीय है की हर साल पुलिस व प्रशासन द्वारा गोटमार मेले में पत्थरबाजी रोकने की कोशिश की जाती है इसके बावजूद इस परंपरा के नाम पर कई लोग घायल होते हैं ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन